आज मैं आपकी दोस्त आपकी काउंसलर आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि कैसे हम स्टडी को गेम बना सकते हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की शिकायत है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनको इंटरेस्ट नहीं आता है वो उनको बहुत बोरिंग लगती है स्टडी तो आज हम देखेंगे कि स्टडी कैसे बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है कैसे वो गेम बन सकती है और कैसे हमें उसे बार बार करने का बार बार पढ़ने का मन कर सकता है प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिए क्योंकि आज आप ऐसा कुछ जरूर इसमें पाएंगे जिससे कि आपके बच्चे की लाइफ बदल सकती है क्योंकि सबसे पहले हम देखिए कंसेप्ट समझते हैं गेम का जब भी बच्चे गेम खेलते हैं तो आप उसमें देखिएगा कि उसमें स्टेजेस होती हैं और जैसे जैसे बच्चे उस स्टेजेस को क्रॉस करते हैं उनको एकदम जीत का एहसास होता है क्योंकि उसमें बोनस पॉइंट मिलते हैं उनको लगता है कि वो जीत चुके हैं और माई साइकोलॉजी में कहा जाता है जब भी हम किसी चीज़ को टारगेट को अचीव कर लेते हैं जीत जाते हैं तो हमारे माइंड से एक डोपा हार्मोन है जो रिलीज़ होता है और जो हमें खुशी का एहसास कराता है और उसी काम को हमारा बार बार करने का मन करता है तब तो हम सीखेंगे कि हम स्टडी में भी ऐसा कैसे कर सकते हैं और आप जब भी अपने बच्चे को पढ़ाएं तो सबसे पहले आप उनसे पूछिए कि आज वो हिंदी में सपोज कितनी लाइन लिखना चाहते हैं आपका बच्चा रिप्लाई करता है कि आज मैं सिर्फ पाँच लाइन लिखना चाहता हूँ आप उसे टारगेट दीजिए कि आज हम सिर्फ तीन ही लाइन लिखेंगे और जब आपका बच्चा ऐसा कर ले तीन लाइन लिख ले वो आसानी से तो आप उसे गिव समथिंग आप उसे कैंडी दे सकते हैं आप उसे चॉकलेट दे सकते हैं कोई छोटी सी या कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ दे सकते हैं जो जैसे बहुत अच्छी लगती हो जैसे कुछ बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता है जब वो स्टडी कर ले तो आप उनके के बाद खेल सकते हैं तो उन्होंने खाने के लिए वो अच्छा सा बना के दे सकते हैं जो वो बहुत पसंद करते हो और आपने बहुत टाइम से बनाया ना हो और आप उनके साथ बीच में थोड़ा थोड़ा डांस कर सकते हैं इससे बच्चों के अंदर बहुत मोटिवेशन आता है क्योंकि उन्हें रिवॉर्ड जैसा फील होता है और साथ में आप उन्हें अप्रिशिएट भी कीजिए कि आज वो जीत चुके हैं उन्होंने वो जो स्टेज पार करिए पढ़ाई करने की वो बहुत ही ज़बरदस्त है इससे उनके अंदर उनके माइंड के अंदर जो डोपामिन हॉमोन है वो रिलीज़ होगा जिससे उन्हें खुशी का एहसास होगा और उनका दोबारा मन करेगा कि उन्हें करना चाहिए ऐसे हमें मैथ में करना है कि मैथ में भी आप उसे पूछे कि आज वो कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं सपोज़ वो कहते हैं कि हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं आप उन्हें सिक्स क्वेश्चन का टारगेट दीजिए और जब वो सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व कर लें उस टारगेट को अचीव कर लें उन्हें यू गिव सम और ऐसा खुद जिस पाकर उन्हें लगे कि यार ये काम मुझे दोबारा करना है क्योंकि ऐसा करने से बच्चों के अंदर जो हॉर्मोस हो रिलीज होता है ना वो उन्हें खुशी का एहसास कराता है क्योंकि हमारी साइकोलॉजी में कहा जाता है जब भी हम किसी टारगेट को अचीव कर लेते हैं चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो वो हमारे अंदर ऐसा खुशी खुशी का एहसास करता है जिससे कि फिर हमें लगता है कि ये काम हमें दोबारा करना चाहिए क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं काउंसिलिंग के लिए और वो बच्चे पहले बैक वेंचरते हैं आज वो क्लास में फर्स्ट आते हैं बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक ये टेक्निक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है अगर आप ये अपने बच्चों पे अप्लाई करेंगे डेफिनेटली आपके बच्चे में चेंज आएगा और वो सक्सेस की ओर जाएगा और अगर आपकी कोई भी क्वाइरीज है कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे नीचे कमेंट पे कर सकते हैं और मेरा डिस्क्रिप्शन पर नंबर है उससे भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी मदद कर सकती है आपकी हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद